दुनिया में ऐसी बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं जो मन को मोह लेती हैं इन जगहों को देखने और यहां समय बिताने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं इन जगहों पर जाकर आपको खूबसूरती तो देखने को मिलती ही है साथ ही कई जगहों पर इतिहास से भी रूबरू होने का मौका मिलता है इसी कड़ी में आज हम आपको चीन के ऐसे पहाड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो खूबसूरती के मामले में किसी जन्नत से कम नहीं है हम सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष और पहाड़ हर किसी का मन मोह लेती है अगर बात करें इंद्रधनुष की तो यह खास तौर पर बारिश के बाद दिखाई देता है लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पहाड़ के बारे में सुना है जो इंद्रधनुष की तरह दिखता हो जी हां, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर पहाड़ों में इंद्र जैसे रंग दिखाई देते हैं सूरज की किरणें पड़ने पर इसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है पेंटिंग जैसा दिखता है पहाड़ इंद्रधनुष के रंगों में रंगे ये पहाड़ पश्चिमी पेरू और पश्चिमी चीन में है जानगे डेंजिया लैंडस्केप के नाम से मशहूर इस जगह पर लाल हरे मजेंटा आदि रंगों के पहाड़ हैं। इसके अलावा पेरू में इंद्रधनुष पर्वत और के पास स्थित है पहाड़ों पर रंगों की धारधारी परत बनी हुई है इन पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई पेंटिंग देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से बने इस खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग चीन आते हैं सात रंगों का होने के कारण इन पहाड़ियों को इंद्रधनुष पर्वत के नाम से जाना जाता है ये पहाड़ बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह नजर आते है इन पहाड़ियों को किसी इंसान ने नहीं बनाया है बल्कि इन पहाड़ियों के साथ रंगतों तो कुदरत का करिश्मा है